अश्वदाई, गोदाई, महाधने, धनम में गोदायी देवी, दाई महाधने धनमे में। नमस्कार दर्शकों। ऋग्वेद की ये जो ऋचा है बहुत ही पावरफुल ऋचा है यदि आपके जीवन में धन का अभाव है या आपको पैसा नहीं मिल रहा है या आप जो है मतलब एक जो हैंडसम मनी होती है हैंडसम आमदनी होती है इसके आप हकदार हैं और आपको नहीं मिल रही है प्रतिदिन एक 108 बार इस मंत्र की जो है आप ऋचा का पाठ करिए श्री सूक्त की यह रिचा हैग्वेद से ली गई है निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी इसमें तो कोई संशय नहीं है नमस्कार दर्शकों मेरा नाम है आशीष वस्तु मैं आज आप सभी लोगों के सम्मान प्रस्तुत कर रहा हूँ दिनांक 14 फरवरी का दैनिक राशिफल प्रस्तुत राशिफल दर्शकों चंद्र राशि पर आधारित है और अब जो हम पंचांग बताने जा रहे हैं आप लोगों को यह पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर संबदालीस फाल्गुन मास चल रहा है दर्शकों और आज माँ लक्ष्मी का दिन रहेगा इसीलिए इस से हमने जो है अपने कार्यक्रम की शुरुआत से का सेवन नहीं करना चाहिए करी पत्ते का सेवन नहीं करना चाहिए नीम की दातुन जो लोग करते हैं इनको आज नीम की दातुन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मनाही होती है ऐसा लिखा गया है कि यदि आप लोग ऐसा करते हैं रिजल्ट भी जानिए ना आगे क्या होगा तो नीच योनि की आपको प्राप्ति होती है अगले जन्म में साथ ही साथ नक्षत्र रहेगा चित्रा और स्वाति जहां चित्रा मंगल का नक्षत्र है वहीं स्वाति राहु का नक्षत्र है करण रहेगा गर्व वरिज और विष्टि विष्टिकरण रहेगा योग रहेगा गंड और वृद्धि योग रहेगा दर्शकों आज के शुभ समय पर आ जाते हैं तो आज का जो शुभ समय रहेगा ये बारह बजकर बाईस मिनट से लेकर के बारह बजकर बयालीस मिनट तक की रहेगा आप लोग इसमें ही आज शुभ कार्यों को करिएगा आज का जो राहु काल है अशुभ समय है जिसमें आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है सुबह दस बजकर सत्तावन मिनट से बारह बजकर बीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा चंद्रदेव तुला राशि में चलायमान है और सूर्यदेव अब कुंभ राशि में चलायमान है दर्शकों शुक्रवार दिन तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल होता है आज यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो मिश्री का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं चीनी का भी आप लोग सेवन कर सकते हैं साथ ही साथ सफेद चंदन का तिलक लगा करके और पहले आपको पूर्व दिशा की ओर चार पक चलना होगा तद उपरांत आपको पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर कि आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन सफेद जो है सफलता लेकर के आया है तो मेष राशि के जातकों आज किसी बात को जानने के लिए आपका मन बहुत ज्यादा उत्साहित रहेगा विषय के रहस्यों की तरफ आज आपका जो है रुझान ज्यादा रहेगा खुद की मेहनत से आज, आज आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब रहेंगे किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिलेगी मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है आज उच्चाधिकारी आपके काम को लेकर के आपकी तारीफ करेंगे आपकी प्रशंसा करेंगे लवमेट के साथ आज आपके संबंध मधुर रहेंगे आज उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का आज आपको मौका मिल सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना रहेगा कि माँ लक्ष्मी को दो फूलदार लौंग लौंग जानते होंगे जिसमें फूल निकला रहता है वो लौंग आप चढ़ाइए निश्चित रूप से धन आपकी ओर आकृष्ट होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक अगली राशि पर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जात को आज आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा आज आपके किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो बिजनेस में आपको काफ़ी मदद करा सकते हैं आज आपके क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे आपके रिश्ते आपका जो है व्यापार आज बड़ा मजबूती से ग्राहकों के साथ जो है निभेगा वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियाँ आज आपके बहुत ज्यादा अनुकूल रहेंगी जीवन साथी आज आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे आज मौज मस्ती में दिन बीतेगा आज के दिन आपको लाभ के सुअवसर भी प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज देखिए किसी महिला को आपको जो है सुहाग से संबंधित सामग्री का दान करना रहेगा सुहाग से संबंधित सामग्री क्या होती है तो जैसे चूड़ी हो गई बिंदी हो गई मेहंदी हो गई कंघी हो गई जो भी सिंदूर हो गया तो इन सब चीज़ों से संबंधित आप दान कर सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़े से मिश्री का सेवन करके आपको निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो मिथुन राशि जेमिनी तो मिथुन राशि के जातकों आज आपको दूसरों से अपने काम की बात शेयर करने से बचना चाहिए किस्मत का साथ मिलने में आज, आज आपको थोड़ी परेशानी आएगी किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में हाथ बटाने से आज, आज आपको खुशी मिलेगी समाज में आज, आज आपकी अच्छी पहचान रहेगी जीवन साथी के साथ रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहेगा बड़े बुजुर्ग को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और आज आपको अपनी मेहनत जारी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आज, आज आपको बड़ा ही सतर्क रह करके काम करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज अपने देव को आप लोगों को प्रणाम करके घर से निकलना रहेगा साथ ही साथ अष्टलक्षर रहे रहेगा आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह हमारी अगली राशि आती आती है कर्क राशि कर्क राशि के जात आज बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है आज आपका दिन मिला रहेगा आज किसी बात से जो है क्या कहते हैं आपको कोई आघात आपको कोई चोट पहुंच सकती है जो कि आपके सगे संबंधियों द्वारा आपके प्रति की जाएगी साथ ही साथ आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आप बिल्डर हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आज आपका प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ेगा आज आपको वर्क प्लान तैयार कर लेना चाहिए और इस पर आपको जो है विचार करना चाहिए किसी जो है अनुभवी व्यक्ति से आपको राय लेने की इसमें सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज खुद को थोड़ा सा आप लोग थका हुआ महसूस करेंगे स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा शहद का दान धर्म स्थान पर करिएगा साथ ही साथ आज किसी जो है मतलब जब घर से निकलिएगा तो कोई बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगा करके कि बहुत ज्यादा सुगंधित आत्मविश्वास में कुछ कमी होती हुई आज, आज आपके दिखाई पड़ रही है आज आप लोग कोई काम अधूरा छोड़ सकते हैं कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के कुछ नए मौके आज आपको मिलने के सितारे सलाह दे रहे हैं जो लोग जियोलॉजी से संबंधित जी हाँ जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान से संबंधित जो स्टूडेंट हैं इनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है कैरियर में उन्नति के कई नए मार्ग प्रशस्त होंगे परिवार वालों के साथ कुछ अच्छा समय आपका बीतता हुआ दिखाई पड़ है धार्मिक कार्यों के प्रति आज आपकी रुचि बढ़ेगी आज मित्रों के साथ किसी जगह की मनोरंजन मनोरंजक जगह की यात्रा हो सकती है उच्चाधिकारी आज आपके काम की सराहना करेंगे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है गाय को रोटी में मिश्री ताशा, गुड़ या चीनी डाल करके जरूर खिलाइएगा। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कन्या राशि की ओर आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा साथ ही साथ माता पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी मजबूत होगी लेकिन धन आज आपका बहुत ज्यादा खर्च होगा आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिलेगा साथ ही साथ आज आपके बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे आज आप लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर जा सकते हैं जो लोग कॉमर्स से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है कार्यस्थल पर आज आपका मन प्रसन्न रहेगा कैरियर में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज किसी विकलांग को आपको कुछ मीठा भूख जो है कर, खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ लिब्रा जी हां तुला राशि चूंकि चंद्रदेव आपकी राशि में ही चलाएमान है लेकिन दर्शकों तुला राशि पर आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है साथ ही साथ नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए दर्शकों यदि हमसे अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना है तो आप लोग हमसे पर्सनली मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं उन्तीस और तीस मार्च को हमारा जो है मुंबई आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के से हैं और अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते यदिषण कर स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा आज दिन की शुरुआत में ही अपने कामों की रूपरेखा आप लोग बना ले तो बेहतर रहेगा आज परिवार वालों के साथ समय आपका अच्छा बीतेगा जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको कोई बहुत ही मतलब अच्छी डील हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी डील प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है तुला राशि के जातकों को आज नए रोजगार के भी सृजन होते हुए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को जो है श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ यदि किसी हनुमान मंदिर में आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वहां पर आपको जो है सिंदूर का दान करना होगा और शीश झुका करके प्रणाम करना होगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती आती है वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जात को आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव होने की संभावनाएं रहेंगी कारोबार में वृद्धि के योग हैं जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने का प्लान आप लोग बना सकते हैं आपके रिश्ते आज बहुत ज्यादा बेहतर होंगे किसी नए प्रेम की जो है शुरुआत आपके जो है जीवन में हो सकती है कारोबार में फायदा होगा आज अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके यदि आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आज आपको प्राप्त होगा संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है माता पिता के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने के योग बन रहे हैं आपसे रिश्ते मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कनक धरा इस का पाठ कीजिए साथ, साथ तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का आपको दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक सेजिटेरियस धनुराशि धनुराशि के जात आज कामकाज के मामले में परिस्थिति पहले से बेहतर रहेगी आज आप लोग खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्राओं पर जा सकते हैं रिश्तों में आज, आज आपके मजबूती बरकरार रहेगी साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी आज, आज आपके किसी खास काम में आपको सफलता मिलने से आपके माता पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे व्यापार बढ़ाने से आज आपकी मेहनत सफल रहेगी साथ ही साथ दूसरे लोगों से सहयोग आपका प्राप्त होगा आज आपकी मेहनत रंग लाएगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को खीर बना करके छोटी कन्याओं को खिलाना रहेगा साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का ओम महालक्ष्मी नमः सिर्फ इस मंत्र का यदि 108 बार आप लोग पाठ कर लेते हैं तो निश्चित ही महालक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जात को आज आपको अपने जीवन की जो है जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कई अच्छे आपको मौके मिलेंगे घर के किसी काम को लेकर के कोई बहुत बड़ा आज आप लोग फैसला ले सकते हैं संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज कोई खुशखबरी आज, आज आपको प्राप्त होगी पारिवारिक जीवन में सुख शांति आपके बनी रहेगी आज, आज, आज आपके ऑफिस में कोई उलझा हुआ मामला आपके कार्य सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज ऑफिस के किसी काम से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है नए बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका प्राप्त होगा उपाय के तौर पर क्या रहेगा तो चीनी का चावल का या मिश्री का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ हमारी जो सेकंड लास्ट राशि आती है ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे आज, आज आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके लिए बहुत सी चीजें आज फायदेमंद रहेगी खास करके विवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बहुत दिनों से मन में छुपा रखी हुई कोई बात आज आप लोग अपने जीवन साथी के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आप मेडिकल की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आज आपको आपकी मेहनत का फल सफलता के रूप में प्राप्त आय के नए स्रोत मिलेंगे और से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को लक्ष्मी कवच का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हमारी अंतिम राशि राशि राशि आती है मीन राशी। मीन राशी के जातकों आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा किसी काम में जीवन साथी की सलाह भी फायदेमंद रहेगी बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आज आपको फायदा होगा आज आप अपने पड़ोसियों से कुछ किसी बात को लेकर के जो है बात विवाद हो सकता है प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग रहेगा ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आपका कुछ विवाद बढ़ सकता है इसलिए वाड़ी पर संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपके बच्चे आपके किसी बात से नाराज हो सकते हैं उन्हें थोड़ा सा समय दीजिएगा मनाने की कोशिश कीजिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए साथ ही साथ ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात तो तो ये तो था हमारा लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए इस रविवार रात्रि 10 से 11 बजे मैं लाइव आऊंगा आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं केवल एस्टोबी दाशीस के इस यूट्यूब के चैनल पर दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार